हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक तो आज का जो टॉपिक है जैसे कि हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में तो इससे पहले हमने चैप्टर थ्री पढ़ा था जिसमें कि क्या था हेल्थ से रिलेटेड अब हम चैप्टर फोर की बात करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है पूरे इंडस्ट्रीज uh, से रिलेटेड सेफ्टी से रिलेटेड ठीक है ऑल सेफ्टी सेक्शन इसके अंदर दे रखे हैं सेक्शन ट्वेंटी टू फोर्टी ठीक है अब जैसे कि हमने ऑकुपेशनल हेल्थ की बात की थी इतने टाइम से हम बात करते कि ऑकुपेशनल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ऑकुपेशनल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से अब हेल्थ के बाद अब सेफ्टी सेफ्टी किस किस तरीके से मेनटेन कर सकते हैं देखिए जितनी भी हमने हेल्थ से रिलेटेड बातें की वो भी कहीं ना कहीं सेफ्टी से ही था अब ये बात जो आ रही है ये मशीनरी सेफ्टी की आ रही है कि मशीन्स तो में सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं क्योंकि मेन मेन पॉइंट ऑफ व्यू अपना वही रहेगा कि हम कैसे मशीन्स में मशीन्स जितनी भी हैं उनकी कैसे सेफ्टी रख सकते हैं क्योंकि अगर मशीन्स जितनी भी चल रही हैं वो सेफ नहीं रहेंगी तो हम कैसे भी करके भी सेफ्टी मेंटेन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से जैसे हेल्थ के बारे में हमने बात की थी वैसे हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो एक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो आप समझते हैं कि सेफ्टी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है है ना हमको वहाँ पर ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी देखना है हमको वहाँ पे मशीन सेफ्टीज भी देखनी है हमको वहाँ पे ये भी चीज़ देखनी है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो देखनी है ये भी देखना एक्सीडेंट ना हो जाए एक्सीडेंट्स के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती हैं उनमें से एक भी कैटेगरी टाइप्स ना हो पाए ठीक है जैसे कि कौन कौन सी नीयर मिस हो गया ठीक है नियर मिस के बाद मेजर एक्सीडेंट हो गया माइनर एक्सीडेंट हो गया या फिर फेटल एक्सीडेंट हो गया फेटल एक्सीडेंट जैसी नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए और ना ही मेजर एक्सीडेंट जैसी माइनर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर uh, कोई माइनर uh, एक्सीडेंट या नियर मिस हो जाता है तो उससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा हाँ पर हमारे वर्क परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जब हम लास्ट में ओवरव्यू करते हैं ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि हमारे वर्क प्लेस पर कितने एक्सीडेंट्स रहे है हाँ ना तो उस टाइम पर वो शो किया जाता है तो हमें इस तरीके की चीज़ों से बचना है और अपने वर्क प्लेस को इतना सेफ बनाना है कि विदाउट एक्सीडेंट्स वर्क चलता रहे ठीक है तो सेक्शंस यही शो करते हैं कि आप किस तरीके से सेफ्टी कहां-कहां मेंटेन और अच्छे से कर सकते हैं तो हेल्थ के लिए जैसे बात की थी तो क्लिनलीनेस वगैरह टेम्परेचर वगैरह तो इनसे भी हो सकते हैं हजार तो, तो हमने हेल्थ के बारे में बात की तो वहाँ सेक्शंस ने बताया कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके इनको सेफ कर सकते हैं लाइफ सेफ कर सकते हैं ठीक है अब हम सेक्शंस की बात करेंगे सेफ्टी से रिलेटेड तो सेक्शन ट्वेंटी वन टू फोर्टी वन तक की बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं ठीक है तो सेक्शन ट्वेंटी वन की हम बात करें तो इसमें फेंसिंग ऑफ मशीनरी की बात करी है ठीक है जैसे कि क्या जितने भी रिवॉल्विंग मशीन रहती हैं उनकी उनके चारों ओर हम गार्ड लगा दें मशीन गार्ड्स लगा दें मतलब उनको ढक दें जिससे कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो है उससे कोई भी हज़ार या एक्सीडेंट ना होने पाए ठीक है फिर नेक्स्ट बात आती है नियर मशीनरी इन मोशन वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन अगर आप किसी मशीन के आसपास काम कर रहे हैं और वो मोशन में है तो हमें वहाँ भी सेफ्टी मैंटेन करनी होगी हम वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये मोशन में है तो किस किस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं ठीक है तो हमें वहीं ध्यान देना होगा कि हम उनकी प्रॉपर कवरिंग कर दें है ना उन पर कवर्स लगा दें जिससे कि किसी का हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट गलती से भी उस मशीन के अंदर ना चला जाए फिंगर ना चला जाए है ना एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन्स ठीक है सेक्शन ट्वेंटी थ्री कहता है यंग पर्सन्स कितने कैसे आपको अरेंज करना है पर्सन्स को सेफ्टी के लिए मशीन्स के लिए आप उन्ही पर्सन को रखें जिनको उस बारे में नॉलेज हो और वो मशीन वो ऑपरेट कर पाएँ ठीक है ऐसे ही सेक्शन 24 कहता है स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर ठीक है पावर के बारे में आप बात कर रहे हैं कि कैसे स्ट्राइकिंग और गियर्स वग़ैरह आप चेंज करें डिवाइस में ये काम कौन कर सकते हैं जिसको पहले से एक्सपीरियंस हो ठीक है तो यही इसमें बता रहा है ये कि सेक्सन ट्वेंटी फोर कहता है कि कोई भी मशीन का अगर वर्क चल रहा है और इस तरीके से पावर कट ऑफ ऑन करना है तो यहाँ आप उन्हीं बंदों को रखें जिनको एक्सपीरियंस हो ठीक है सेल्फ एक्टिंग मशीन जो कि अपने आप चलती हैं ठीक है ट्वेल्थ ट्वेल्थ आज तक वो खुद ही वर्क कर रही हैं उन मशीन्स पर भी ध्यान देना होगा कि उनका जो जितना अब देखिए एक प्लांट है उसमें पूरा एक मशीन पूरा सिस्टम जनरेट रहता है कि कहाँ से मटेरियल आएगा कहाँ उसकी पैकिंग होगी कहाँ मैन्युफैक्चर होगा कैसे बन के निकल रहा है तो ये पूरा एक प्रोसेस जो रहता है ये सेल्फ एक्टिंग रहता है ठीक है ये ख़ुद से ही अपने अपने आप काम कर रहा होता है तो इधर भी हजार्ड्स होने के चांसेस रहते हैं तो हमें प्रॉपर ध्यान ये देना है कि प्रॉपर कवरिंग करके रखें हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करें इक्ुपमेंट्स का यूज़ करें किसी भी चीज़ को हटाने के लिए या वहाँ तक ले जाने के लिए ऐसा ना हम अपने हाथों का यूज़ कर रहे हो ठीक है केसिंग के बारे में तो इसमें पूरा जो सेक्शन ही है सेफ्टी से रिलेटेड पूरा यही कहता है कि आपको केसिंग पर ध्यान देना है कि आप मशीन केसिंग कैसे करें ठीक है तो ये जितने भी सेक्शंस हैं जैसे लिफ्टिंग मशीन्स चेन्स रूप्स एंड लिफ्टिंग टैक्ल्स सेक्शन ट्वेंटी नाइन के अंदर आते हैं क्योंकि कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं वो लिफ्टिंग के कारण भी हो जाते हैं जैसे कोई मशीन है कोई चेन है रोप है उनके थ्रू आप कोई सामान ले जा रहे हैं और वो अनबैलेंस हो जाता है डिसबैलेंस हो जाता है या ओवरलोडेड कर देते हैं उनसे होने वाले हज़ार्स पर भी हमें ध्यान देना है ठीक है रिवॉल्विंग मशीन वही चीज़ है इसमें ठीक है कि रिवॉल्विंग मशीन है तो आपको उसको बिल्कुल सेफ गार्ड्स उनके ऊपर लगाएं, जिससे कि कोई भी अदर पर्सन उसके अंदर हाथ ना चला जाए उसका या काम करते करते गलती से हाथ ना चला जाए तो ये पूरे सेक्शंस यही बताते हैं कि आपको मशीन्स पर सेफ्टी रखनी है मशीन सेफ्टी आप जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें नोट करके आप रख सकते हैं अगर कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको आपको आइसोलेट करना होगा उस प्लेस को आपको लोटो सिस्टम यूज़ करना होगा ठीक है लोटो सिस्टम के बारे में मैं पहले टॉपिक में बता चुकी हूँ आप अगर चेक करेंगे चैनल पर तो लोटो सिस्टम आपको मिल जाएगा तो लोटो सिस्टम क्या था ये वही चीज़ है जब आपकी कोई मशीन खराब हो जाती है तो आपको मशीन आइसोलेशन करना पड़ता है उस मशीन का आइसोलेशन करना पड़ता है लोटो सिस्टम द्वारा ठीक है तो लोटो सिस्टम क्या होता है वो आपको पता चलेगा आप इसी में ये जो हमारा चैनल है इस पर वीडियो पढ़ा होगा लोटो सिस्टम करके ठीक है तो ये सेक्शन ट्वेंटी टू थर्टी तो हमें समझ आया सारा मशीन से रिलेटेड है ठीक है तो ये देखिए आज मैंने आपको सेक्शन ट्वेंटी वन टू थर्टी तक आपको बता दिया है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी सेक्शन कंटिन्यू करेंगे कि फोर्टी फॉ थर्टी वन थर्टी टू टू फोर्टी तक क्या कहते हैं सेक्शंस ठीक है सेक्शंस के बारे में इसलिए इन्फॉमेसन देना ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप लोग को भी समझ आए कि ये जो हम सेफ्टी मेन्टेन करते हैं ये ऐसे इतना सारे सेफ्टी जो है वो यूँ ही नहीं एक्टिव की जाती है इनके लिए पूरे सेक्शंस बनाए गए हैं पूरा फैक्ट्री एक्ट तैयार किया गया है हर काम को करने के लिए एक तरीका दिया गया है तो ये सारी चीज़ें इसीलिए लिए अवेयर कराई जा रही हैं आपको ताकि कभी जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू हो या एग्जाम हो तो ये सारी चीज़ें पूछी पूछी जाती हैं कि सेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया जाता है, है ना तो ये था आज का टॉपिक सो थैंक यू